एक चीज समझ लीजिए ड्राइवर कितना ही अच्छा हो अगर गाड़ी घटिया है तो यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या जोर से बोलिए जरा ड्राइवर अच्छा हो लेकिन गाड़ी घटिया हो यात्रा सुरक्षित हो सकती है मिस्त्री अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो घर सुरक्षित हो सकता है डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो शरीर स्वस्थ हो सकता है क्या ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो कितना ही मेहनती हो कितना ही ईमानदार हो कितना ही राष्ट्रभक्त हो लेकिन अगर कानून घटिया है न्यायिक व्यवस्था जो है कमजोर पड़ गई है तो याद रखिए न माओवाद कम होगा न नक्सलवाद कम होगा न लगावाद कम होगा न धर्मांतरण कम होगा न जिहाद कम होगा न मजहबी उन्माद कम होगा न कट्टरवाद कम होगा न घूसखोरी कम होगी न जमाखोरी कम होगी न मिलावटखोरी कम होगी न कालाबाजारी कम होगी नशा तस्करी कम होगी न मानव तस्करी कम होगी कुछ भी कम नहीं होगा जो समस्या भारत में है वो अगर अमेरिका में नहीं है तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल है ज्यादा मेहनती है ज्यादा ईमानदार है नहीं डिफरेंस क्या है दोनों देशों में कानून दैट्स इट केवल और केवल केवल और केवल और याद रखिए अगर आप इस इसको सुधारेंगे नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं हो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता आखिर क्या कारण है भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं एक मेरी पीआईएल चल रही है माननीय विकास सिंह जिसमें अपेयर भी करते हैं 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था कि भारत में पांच करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका क्यों नहीं जाते सिंगापुर क्यों नहीं जाते चाइना क्यों नहीं जाते फ्रांस क्यों नहीं जाते भारत क्यों आते क्योंकि हमारा कानून घटिया है हमारे यहां 1946 का फॉरनर एक्ट चल रहा है उस वह फॉरनर एक्ट पीसलेस है उसमें कोई दांत नहीं है उन सबको पता है बाहर वालों को कि यहां घुस जाओ एक बार घुस गए कोई दिक्कत नहीं और जो सबसे बड़ी समस्या है एक कड़वी सच्चाई आप इसको समझिए घुस बैठिए घूस दे आते हैं घूस देके आधार बनवाते हैं घूस देके के राशन कार्ड बनवाते हैं घूस देके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं घूस देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और घूस देके वोटर आई बनवाते हैं अब सवाल यह है कि भारत में लोग दो दो तीन तीन हजार रुपए दे के पांच पांच छह मतलब दस बारह हजार रुपए में पांच छह डॉक्यूमेंट तैयार करा लेते हैं ऐसा अमेरिका सिंगापुर में क्यों नहीं करा लेते क्योंकि हमारे यहां आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना दीजिए आधार अब वो आधार आपने फर्जी बनाया ये सिद्ध करने के लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको लड़ना पड़ेगा हमारे यहां लोग फर्जी पासपोर्ट बनाकर क्यों कैसे दे देते हैं फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता घर बैठे बैठे और वोटर आईडी आती है घर बैठ के आपका आधार आता है घर बैठ के आपका राशन सारे डॉक्यूमेंट कैसे आ जाते हैं इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में इस देश को सुधारना चाहते हैं हम चाहते हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ हो इस देश में कानून का शासन हो तो सबसे पहले हमें कानून बदलना पड़ेगा और जिसकी कोई लागत नहीं है जिसकी कोई लागत नहीं है कानून बदलने की कोई लागत नहीं है हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बना लेते हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बना लेते हैं हजारों करोड़ खर्च करके हम रेलवे लाइन की बिछा लेते हैं लेकिन हम कानून नहीं बनाते जो फ्रीम बन सकता है। एक लाख करोड़ कर एक लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप हाईवे बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा उस पर एक करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा एक लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेस बनाएंगे उस पर एक करोड़ लोगों को फायदा होगा उतने लोग चलेंगे लेकिन आप फ्री में अच्छा कानून बना दीजिए 140 करोड़ लोगों को फायदा हो भारत में भारत में जुडिशियल रिफॉर्म खर्च करने पे ज्यादा से ज्यादा दस हजार करोड़ का खर्चा आएगा मैक्सिमम 10,000 करोड़ इतना तो हमारे देश में चुनाव के बाद लोग मुफ्त में बांट देते हैं कोई कलर टीवी बांट रहा है कोई वॉशिंग मशीन बांट रहा है कोई जो है मंगलसूत्र बांट रहा है किसी किसी राज्य में अलग अलग कोई किसी राज्य में लैपटॉप बांटा जा रहा है किसी राज्य में स्मार्टफोन बांटा जा रहा है कुछ में कुछ फ्रीम बांटा जा रहा है ये कितने दुख की बात है हम आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ बना रहे हैं हमारा थाना आज भी अंग्रेजी कानूनों से चलता है हमारी तहसील आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है हमारा जिला आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है हमारा हाईकोर्ट आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानून से चल रहा है हम इतने सक्षम नहीं हुए कि हम अपना कानून अपने हिसाब से वर्तमान वर्तमान रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना ले मंगल पर जाने की तैयारी चंद्रमा पर पहुंच गए मंगल पर तैयारी चल रही है बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च कर दिए लेकिन मैकाले का बनाया हुआ अठारह का इंडियन पिनल कोड हम नहीं बदल पाए मैं अभी अमेरिका का फेडरल पिनल कोड पढ़ रहा था तो मैं उसमें कंपेयर कर रहा था कि जो घटना उदयपुर में हुई है अगर यह घटना अमेरिका में हुई होती तो कितनी सजा मिलती हमारे इंडियन पिनल कोड में एक एक धारा है 302 मर्डर पति पत्नी को मारे तब भी 302 भाई भाई को मार दे तब भी 302 सड़क पे रोड पर हो जाए तब भी 302 आतंकवादी मार दे तब भी 302 एक विश्व जमीन की लड़ाई हो जाए मर्डर हो जाए तब भी तीन 10-20 दस बिघे जमीन के लड़ाई मर्डर हो जाए तब भी तीन दो हमारे पूर्वांचल में कहावत है सब धान 22 पसेरी जो लोग पूर्वांचल को होंगे जानते होंगे अमेरिका का मैं फेडरल पिनल कोड पढ़ रहा था मर्डर की अलग धारा बुचरिंग की अलग धारा जेनोसाइड की अलग धारा हेट क्राइम की अलग धारा टेररिज्म की अलग धारा तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो पता चला कि कन्हैया को जिसने मारा उदयपुर में अगर उसने अमेरिका में मर्डर किया होता उसको साढ़े पांच सौ साल सजा होती अमेरिका में कितनी होती साढ़े पांच साल भारत में कितनी होगी आजीवन कारावास फांसी नहीं होगी फांसी हुई क्या पिछले 20 साल बताइए याकूब मेनन के अलावा और अफजल गुरु के अलावा किसी को फांसी हुई जबकि हर हफ्ते दो, दो लोगों को मार दिया जाता नहीं हुई फांसी तो इसलिए मेरा यह कहना है कि सबसे पहले जो सरकार कर सकती है देश हित में बिना किसी बजट के कम से कम पैसे में बिना लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्स थोपे हुए वो जुडिशियल रिफॉर्म कर सकती है जो ये विषय है और जहां तक बात करप्शन की है केंद्र और राज्य का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है कितना है भैया इस सत्तर लाख करोड़ का 20 परसेंट घूसखोरी कमीशनखोरी दलाली कटमनी तोलाबाजी में चला जाता है सत्तर लाख करोड़ का बजट का 20 परसेंट का मतलब हुआ चौदह लाख करोड़ यह चौदह लाख करोड़ बचाया जा सकता है यह चौदह लाख करोड़ बचाया जा सकता है अगर उसमें गंभीरता के साथ चर्चा हो कैसे बच सकता है सरकार अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे सौ रुपए से कम खर्च करते हैं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 110 करोड़ लोग पर डे सौ रुपए से कम खर्च करते हैं तो भारत के 110 करोड़ लोग पर डे सौ रुपए से कम खर्च करते हैं यानी 80 परसेंट लगभग जो 20 परसेंट लोग सौ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम है पेटीएम है भीम है यूपीआई है डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है तो फिर पांच सौ और दो हजार नोट किस लिए जिन 20% जो 20% लोग सौ रुपए ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास सब है जो खर्च नहीं करते उनको 2000 नोट की जरूरत नहीं है अगर हम सौ रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो, हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब पच्चीस भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब 25% परसेंट घुसपैठ खत्म हो जाएगी पच्चीस धर्मांतरण खत्म हो जाएगा पच्चीस अलगाववाद खत्म हो जाएगा 25 परसेंट आपका खालिस्तानी अलगाववाद खत्म हो जाएगा सभी जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं सब 25 परसेंट कम हो जाएंगी क्योंकि कोई भी देश विरोधी एंटी नेशनल एक्टिविटी फ्री में नहीं होती सब बाकायदा पैसे से होती